गुजार दिए होंगे तुमने कई दिन कई महीने कई साल जो काट न सकोगे वो एक रात मैं हूं की होगी तुमने गुफ्त हो कई लोगों के साथ दिल पे जो लगेगी वो एक बात मैं हूं भीड़ में जब तन्हा खुद को तुम पाओगे अपने पन का एहसास जो दिला दे वो एक साथ मैं हूं बिताए होंगे तुमने कई हंसी पल कुछ लोगों के साथ मगर जो भुला ना पाओगे वो एक याद मैं हूं मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें जब हम बोलते हैं तो हम बरसते हैं और जब हम चुप होते हैं तो लोग तरसते हैं क्योंकि हम अच्छी बातें प्यारी बातें करते हैं अब मैं आपको एक कवि अजय जी इन्होंने लिखी हुई कविता सुनाना चाहती हूं ये कविता सुनाने के बाद आप ये सोचिए कि इसका विषय है क्या एक आदमी था एक गौरैया थी आदमी इतना ऊंचा उड़ा कि गौरैया खो गई एक आदमी इतने वेग से बहा कि नदी सो गई एक आदमी था एक पेड़ था आदमी इतने जोर से झूमा कि पेड़ सूख गया एक आदमी था एक पृथ्वी थी आदमी इतना जोर से घूमा कि पृथ्वी रो पड़ी एक आदमी था दोस्तों सोचिए इसका विषय है क्या और ये कभी अजय जी क्या कहना चाहते हैं और हाँ मेरे पिछले सारे वीडियो देखना भूलिएगा मत देखते रहिएगा दिलखुश खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें